करता हूँ मैं आपका पार्क एक्वेरियम वर्ल्ड एक में आप देख सकते हैं रेडियलाइडर का स्टॉक दोबारा आ चुका है ये देखिए एक्टिवनेस ब्लड खाते हुए की बेबीज और ये मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके का हमने इनके लिए सेटअप बनाया है आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा टर्टल का सेटअप है इसमें हमने पाँच इंची पर हमने इसमें एक पार्टीशन लगाया है जिसके हमने लेफ्ट राइट साइड में हमने इस्टोंस रखे हैं और लेफ्ट साइड में हमने इसमें पूरा वाटर फिल कर रखा है जिसमें हमने हीटर भी लगा रखा है अभी क्योंकि रात को हमारे यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाता है अचानक इसलिए हमने इनके लिए हीटर भी है और आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसमें यू वी वी लाइट भी लगाई है जिसके लिए देखिए टर्टल खाकर अब यू वी लाइट के नीचे बैठेगा ये खाना खा के आ चुका है अभी ये देखिए दावत चल रही है यहाँ पर ब्लड वॉर्म्स की यह देखिए किस तरीके से इसमें एक एडजस्टेबल होती है यू वी वी लाइट ये देखिए कितने इन्जॉय कर रहे हैं दोनों के दोनों सनलाइट को और हमने इनकी हेल्प के लिए हमने ये ग्रीन मैट यूज़ करा है ताकि ये इजीली पानी से बाहर आ सकें सरफेस पर अभी आप देखेंगे कि धीरे दीर धीरे कर, कर सभी फूड लेकर अपना आराम से ऊपर की तरफ आने लगेंगे क्योंकि ये रात को बहुत कम चांसेस हैं कि ये पानी में रहें ये देखिए कुछ तो आराम कर रहे हैं आराम से बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आपको हमारा स्टॉक और हमारे ऐसी वीडियो के लिए एक्जोटिक्स से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम जल्द से जल्द आपके लिए और भी अच्छी अच्छी ब्रीड लाएँगे इसके साथ मेरी एक और ब्रीड से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं आज ये देखिए ये है अमेरिकन एलबीनो क्रेड फ्रॉक ये भी दोनों दावतों आ रहे हैं देखिए बहुत ही अच्छा प्ले है इसको मैं आपको और पास से दिखाता हूँ ये देखिए ये ब्लेड की ये भी ब्लेड है, ये भी बहुत ही अच्छी ब्रीड है किस तरीके से ये फीड हैं और और बताइए दोस्तों इनके साथ सा, सा, साथ ही साथ में मैं आपको एक ब्रीडिंग और, और दिखाना चाहूंगा देखिए दोस्तों के साथ साथ मैं आपको एक पेड़ और दिखाऊंगा ये देखिए फिश का स्टॉक एक ये है हमारे पास रेडी एसर के बिग साइज फुली एडल्ट ये मेल है और ये है फीमेल इनको भी मैं अभी आपको फीड करके दिखाता हूँ तो फीडिंग के लिए हम देते हैं टोया का फूड्स और बेबीज़ को हम ब्लड और उनके लिए टोया का स्मॉल टटर फूड भी है और हम उन्हें ब्लड भी दे सकते हैं क्योंकि ब्लड होती है हाई न्यूट्रिशन फूड होता है चलिए दोस्तों इनको फीड करते हैं हम देखिए इनको पता है कि दाना आ चुका है अब आप देखिए इनको और बताइए कैसा लगे हमारे यहाँ आपको ये फीमेल है बहुत ही बढ़िया साइज है इनका ये देखिए ये फीड लेना स्टार्ट हो चुके हैं देखिए देखिए इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ये है हमारी रेड कैप गोल्ड फिश का टैंक ये हमारे कलर विडो का टैंक जिसमें आपको पांच से सात कलर हमारे पास हमेशा अवेलेबल मिलेंगे इसके बाद आता है दोस्तों औसकर का कलेक्शन है हमारा और में आपको छोटे से लेकर बड़े औस्कर तक हमारे पास मिल जाएंगे ये देखिए और ये देखिए आई कैट तो आप जितने बड़े चाहेंगे उतने बड़े हमारे पास मिल जाएंगे देखिए शकर कैट का साइज देखिए इसके बाद आते हैं अपने कोई कार पर टैंक पर ये देखिए हमारे साइज कोई कारके फैदर देखिए आप कितने अच्छे हैं और एक्टिवनेस देखिए फिशेज की मेन होती है एक्टिवनेस इसके साथ साथ में हम आपको मॉलीज दिखाते हैं जिसमें हमारी दोनों तरीके की मॉलिज पड़ी हुई हैं बलून मॉली है इसमें और आपकी नॉर्मल मॉलीज भी हैं ये देखिए बलून मूली सारा ब्रेडिंग साइज है इसमें ये देखिए कोई कार हमारे पास ये पचास रूपये पेयर में हमको एक सेल करते हैं इसके साथ में हम आपको दिखाते हैं सिल्वर डॉलर वो देखिए सिल्वर डॉलर शॉर्ट बॉडी शॉर्ट बॉडी रेडटेल कैटफिश ये देखिए रेडटेल कैटफिश बताइए कैसी लग रही है को हमारी रेडटेल कैटफिश और ये है हमारी शकर कैटफिश इसके साथ साथ में मैं आपको एक कलेक्शन और दिखाता हूँ ये देखिए इसमें आपकी जेबरा है नियन टैक्ट्रा है शार्क है ये है हमारी मिक्स टैंक आप देख सकते हैं इसमें सारी सिकलेट मिक्स है एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको इसमें कपीस के बेबीज़ देखिए और हम फिर से इस फ्रॉग को नहीं संभाल लेते हैं ये देखिए अमेरिकन अल्बाइनो क्लोडेड फ्रॉग बहुत ही एक्टिव हैं और वापसी हम आ जाते हैं अपने रेडियस पे ये देखिए बताइए हमारा कलेक्शन कैसा लग रहा है आपको और सेटअप बताइए सबसे बड़ी बात आपको सेटअप दिखाता हूँ मैं एक बार दोबारा से ये देखिए हमारा सेटअप जिसमें हमने सारी फ़ैसिलिटी इनको दे रखी है देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये धूप सेक रहे हैं और आप किसी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी फिश से रिलेटेड या टर्टल से रिलेटेड आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर मैं उस पॉसिबल होगा कि अगर मैं उस लायक हुआ कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा ठीक है ओके थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल